भारत के ये पांच जानवर आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर वन रेड हेड वल्चर इसे गिद्धों का राजा भी कहा जाता है इनकी लंबाई लगभग 76 ऐसी छियासी सेंटीमीटर होती है ये दिखने में काले होते हैं लेकिन इनका सिर लाल होता है कभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ये गिद्ध आज विलुप्त होने की कगार आरोप है नंबर टू फिशिंग कैट जैसा की नाम से ही पता चल रहा है की ये मछलियों का शिकार करती होगी ये जंगली बिलिया पानी में तैर अपना शिकार करती है पर यह प्रजाति भी आज विलुप्त होने की कगार पर है नंबर थ्री इंडियन पेंगोलिन चीटी खाने वाले ये जीप बहुत ही कम दिखने वाला प्राणी है इनका इस्तेमाल ज्यादातर मांस और खाल दोनों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है जिस कारण आज ये प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर है नंबर फोर लाल ताज वाला कछुआ ये कछुए ज्यादातर ताजे पानी में ही रहते हैं यह ज्यादातर भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाए जाते हैं पर यह प्रजाति भी आज विलुप्त होने की कगार आरोप है नंबर फाइव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का राज्य पक्षी है दिखने में खूबसूरत लगने वाला ये पक्षी भी आज विलुप्त होने की कगार आरोप है